गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स आलोकन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है जैसा कि हमने करंट अफेयर्स को लेकर के एक नया सेशन आरंभ किया है इसकी आज दूसरी क्लास है सेकेंड लेसन है और इस लेसन में जैसे कलम ने आपको शुरुआत में बताया था कि जो पिछले 24 घंटों के दौरान जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और स्टेट के लेवल पर जो घटनाएं घटित होंगी उनको एक समराइज फॉर्मेट में हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और इस फॉर्मेट की जो हमारी हमने जो रणनीति तय की है जो हमने इसका फॉर्मेट जो तय किया है उसमें तीन तरह के मेटेरियल्स को हम आपके सामने ले करके आएँगे पहले मेटेरियल में जो है करंट जो चौ पिछले 24 घंटे की जो घटनाएं हैं घटित हुई हैं खबरें हैं प्रमुख समाचार हैं और ये सारी की सारी जो चीज़ें उसको समराइज़ फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दूसरे फॉर्मेट में जो है हम वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएँ हैं है। उसको हम विकल्पात्मक स्वरूप में आपके सामने ले करके आएंगे और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर के साथ साथ हम उसको एक एक्सप्लेनेटरी नोट के साथ आपको प्रस्तुत करेंगे जिसको हम क्रस क्वेश्चन के रूप में जानते हैं क्रस क्वेश्चन उसका जिस्ट होता है उसको व्याख्यात्मक रूप से उसको प्रस्तुत करने की एक शैली होती है और आखिरी उसके उसमें जो है हम आर की परीक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आर एस आरेस की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें जो छोटे जो आ, आंसर हैं छोटे जो क्वेश्चनों के जो आंसर्स हैं उनको हम 20 से 50 शब्दों में लाने की कोशिश करेंगे उसमें प्रश्न भी होगा उसका विकल्प भी होगा और विकल्प के साथ साथ उसकी जो है व्याख्या भी होगी सम्राइज वे में तो आज के इस नए लेसन में आपका एक बार पुनः स्वागत है और आज आप सबको पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ पृथ्वी दिवस को आप सब, सब लोग एक उल्लास के साथ मना रहे होंगे आप सब जानते हैं आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसमें पूरी दुनिया के जो इंडिजीनियस पीपल्स हैं आदिवासी जो लोग हैं उन्होंने इस धरा को इस धरती को इस पृथ्वी को इस अर्थ को इस रूप में संजोकर रखा और इस रूप में संरक्षित रखा कि आज हम को एक विरासत में एक ऐसी पृथ्वी मिली है जिस पर हम एक गर्व कर सकते हैं पर हम हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए क्या वैसी ही विरासत तैयार कर रहे हैं जो हमको हमारे पुरखों ने हमारी पुरखोती ने हमें दी थी तो इस पर एक सोचने का विषय है आप सब जानते हैं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो ग्लोबल वार्मिंग का है और ग्लोबल वार्मिंग की जो पूरी की पूरी जो कहानी है ये आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक रेशियो है वो बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ रही है इससे ओजोन में भी छिद्र हो चुके हैं और जो हानिकारक जो किरणें के, हैं वो कई बार धरती पर आने की खबरें इधर मिलती रहती हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है उस थ्रेट को रोकने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सुलभ एक साधन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं पृथ्वी का संरक्षण करें प्राकृतिक चीज़ों का उतना ही दोहन करें जितना की जरूरत है ज़रूरत से ज़्यादा दोहन ना करें और ये सारी जो चीज़ें हमें आदिवासियों से सीखने की जरूरत है क्योंकि आदिवासियों ने जो हमें जो संस्कृति दी है आदिवासियों ने हमें वो संस्कृति दी है जिसमें पृथ्वी का मैक्सिमम संरक्षण है और उन्होंने उस प्रथा को एक नई एक टर्म के साथ में यूज किया जिसको हम धराड़ी बोलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर उसको टोटम बोलते हैं टोटम ये टोटम इज ये धराड़ी प्रथा क्या है ये टोटमीच वो धराड़ी प्रथा पृथ्वी को अपना अंग मानना अपना अंश मानना पृथ्वी को अपना पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी के जो जीव जंतु हैं पेड़ पौधे हैं इवन जो घासफूस हैं उनको भी उसी रेस्पेक्ट और सम्मान के साथ जगह देना जिससे कि वो संरक्षित रह सके और इस सारी की सारी थीम को लेकर के पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और आज बाईस अप्रैल को पृथ्वी दिवस है उसकी आपको एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और अब हम आज के इस प्रेजेंटेशन को शुरुआत करेंगे आज के इस प्रेजेंटेशन में हमने जो पहला जो इश्यू रखा है वो पृथ्वी दिवस से संबंधित ही रखा है और पृथ्वी दिवस का जो आज का जो महत्वपूर्ण दिन है ये जो दिन है 22 अप्रैल का दिन 22 अप्रैल को जो है हम पृथ्वी दिवस पूरी दुनिया में मना रहे हैं कहीं इसको एक दिन के रूप में मनाते हैं कहीं इसको सप्ताह के रूप में मनाते हैं कहीं इसको पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और कहीं इसको मासिक रूप से मनाते हैं महीने के रूप में मनाते हैं तो ये जो चार फॉर्मेट इसको मनाने के हैं और इसको जो मनाने के और पृथ्वी के जो संरक्षण की जो बात है उसके पीछे की जो पूरी की पूरी जो थीम है उस पर हम जिक्र करेंगे उसका हम आपके सामने विश्लेषण करेंगे तो ये हर साल जो है 22 अप्रैल को जो है पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में और उसको पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षण के समर्थन को प्रदर्शित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और ये जो पृथ्वी दिवस है जिसको हम अर्थ डे भी बोलते हैं अर्थ डे पहली बार जो है बाईस अप्रैल उन्नीस को मनाया गया और उसमें एक तो जो देशों में इसकी जो मनाया जाता है इसकी स्थापना के पीछे अमरीकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी और जेराल्ड जो अमरीकी जो सीनेटर है उन्होंने इस पृथ्वी दिवस को मनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो है इसकी पहल की और उस पहल का ही नतीजा है कि आज हम पृथ्वी के संरक्षण के रूप में आज के दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं आगे अगर इसको और विश्लेषण करते हुए हम पाते हैं कि पृथ्वी दिवस की जो मुख्य जो वजह है इसका मुख्य जो महत्व है इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है जैसा कि मैंने अपने आरंभिक स्टेटमेंट में आपके से कहा था और ये ग्लोबल वार्मिंग में जो है पर्यावरण विदों के माध्यम से पर्यावरण पर पड़ने पर वाले प्रभाव का पता लगाया जाता है ऐसे में सितंबर उन्नीस में 1969 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन विस्कोनसीन अमेरिकन जो सीनेटर थे जेराल्ड नेल्सन उन्होंने घोषणा की कि 1970 के बसंत में पर्यावरण में राष्ट्रव्यापी जन साधारण प्रदर्शन किया जाएगा और सीनेटर नेल्सन ने पर्यावरण को एक राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में जोड़ने की पहल की और इसे राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंडे के रूप में शामिल करके पर्यावरण को होने वाले नुकसान के विरोध में एक दिन के रूप में उसको उन्होंने शुरुआत की जाने माने फिल्मकार और टेलीविजन से जुड़े हुए अभिनेता एन डी एल्बर्ट ने भी इस पृथ्वी दिवस को मनाने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने अपने योगदान के द्वारा यह साबित किया और विशेष रूप से उन्नीस के बाद एक रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी दिवस को अल्बर्ट के जन्मदिन 22 अप्रैल को मनाया जाने लगा और ये जो अमरीकी सीनेटर जे, जेराल्ड नेल्सन और एंडी अल्बर्ट दो, दोनों का जो संयुक्त जो प्रयास था उस प्रयास से पृथ्वी दिवस को मनाया जाने लगा और इसका दिन जो तय किया वो अल्बर्ट अल्बर्ट के जन्मदिन के दिन मनाया जाने लगा तो ये इस तरह का जो प्रश्न है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी दिवस की जो शुरुआत है वो किसके जन्मदिन को आधार पर हुई या किसके जन्मदिन से शुरुआत इसकी हुई तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें हम आगे देखते हैं कि ये कहा जाता है कि पृथ्वी दिवस की धारणा सीनेटर जेराल्ड नैलसन ने सेंटा बारबरा में घूमकर आने के बाद शुरू की और ये शुरुआत उन्नीस में भयंकर तेल रिसाओं के कारण बाद हुई अमेरिका में 1969 में एक भयंकर तेल और गैस के रिसाव की एक घटना घटी थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया था और ऐसी स्थिति में जे, जेराल्ड नेल्सन और एडी एल्बर्ट ने मिलकर के ऐसे दिन की शुरुआत की जो पृथ्वी के संरक्षण के दिन के रूप में माना जाता है और ये जो है वा संगठन वापस लौटे तो बाईस अप्रैल को इन्होंने जो है पृथ्वी देश को मनाने की घोषणा की और ये दिवस जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है इससे जुड़ी जो दूसरी जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसमें 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस ने आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया और लगभग 20 लाख अमरीकी लोगों ने एक स्वस्थ स्थायी पर्यावरण के लक्ष्य के साथ साथ इसमें भाग लिया और पृथ्वी दिवस की उत्पत्ति अमरीका में हुई लेकिन 1990 तक दुनिया भर के मान्यता प्राप्त देशों ने इसको मनाना शुरू कर दिया और 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया और सीनेटर नेल्सन ने ऐसी तारीख को चुना जो कॉलेज के कैंपस में पर्यावरण शिक्षण में भागीदारी का अधिकतम कर सके उन्होंने निर्धारण किया कि इसके लिए उन्नीस से पच्चीस अप्रैल तक का सप्ताह सर्वोत्तम माना जाता है और इसमें हम ये देखते हैं और ये पाते हैं कि जेराल्ड नेल्सन ने ये के पीछे की जो सोच थी वो सोच इस बात के लिए थी और वो ये चाहते थे कि पृथ्वी दिवस को उस हाईएस्ट लेवल पर मनाया जाए जिसमें ना धार्मिक त्यौहार हो ना परीक्षाएं हो ना दूसरे तरीके वे, के व्यवधान हो ताकि पृथ्वी का जो संरक्षण है पृथ्वी संरक्षण का जो संकल्प है उसको हम एक दिन के लिए एक सप्ताह के लिए एक पखवाड़े के लिए एक महीने के लिए जितना अच्छा अच्छे लेवल पे हम इसको मना सकते हैं उसको मनाएं और इसीलिए उन्होंने इसके लिए जो है सबसे सुटेबल जो है उन्नीस से पच्चीस अप्रैल की समय को माना और इसी इसी वजह से जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस को मनाने की शुरुआत हुई वो ज, सीनेटर जेराल्ड का ये मानना था कि इसको एक ऐसे महीने उसमें रखा जाए जहाँ कम से कम त्यौहारों कम से कम धार्मिक आयोजन होते हों ताकि पूरी तरह से पृथ्वी को जो संरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के संरक्षण के लिए जो हम एक डेडिकेटेड एक शुरुआत कर रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो तो उस उन्होंने इन्होंने परीक्षा के दिनों को छोड़कर के बसंत की छुट्टियों के समय को छोड़कर करके और धार्मिक छुट्टियों को छोड़ करके इन सबको अलहदा एक ऐसा समय चुना जिसमें हम इस पर पूरी तरह से कंसेंट्रेट कर सकते हैं पूरी तरह से इसमें जो है नमस्कार इसको मना सकते हैं इसका सम्मान करते कर आलोक अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नहीं थे ये सारा का सारा जो तो और, और ये सब इसकी जो इसकी अहमियत को देखते हुए जेराल सीनेटर ने जो है इसको चुनने के लिए इसको मनाने के लिए शुरुआत की अभी जो मुख्य जो विषय है दो में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि उस साल के पृथ्वी दिवस को मनाने के पीछे की थीम क्या थी उसका जो वो तो एक जो उसका जो पंचलाइट जिसको हम कह सकते हैं जिसकी पंचलाइट क्या थी कि उसका उसको एक, एक एक उसका नारा क्या था स्लोगन क्या था तो इसको इस साल का जो स्लोगन है वो ये है हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें ये 2021 का स्लोगन है ये दो हज़ार की पंचलाइट है और ये परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इस तरह के जो सवाल है, वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिएगा कि ये जो इस साल 2021 का जो पृथ्वी दिवस का जो स्लोगन है पृथ्वी दिवस का जो थीम है वो हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करने के बारे में है कैसे हम हमारी पृथ्वी का संरक्षण कर सकते हैं कैसे इसको हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं नेक्स्ट जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि इसमें इसको पृथ्वी को पूरी सप्ताह के रूप में मनाने की बात आती है आमतौर पर 16 अप्रैल से शुरू होता है और 22 अप्रैल तक जो है इसका समाप्त किया जाता है ये इसको मनाने के जो है जैसे जो आपको कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें से संगत का चुनाव कीजिए या इसमें असंगत का चुनाव कीजिए इस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें ये सारे तथ्यों को आपको ध्यान में रखना होगा नेक्स्ट जो बिंदु हम लेकर के आए हैं वो भी अमेरिका से जुड़ा हुआ है और इसमें जो आपको जो महत्वपूर्ण जो जानकारी जो देने की हम कोशिश कर रहे हैं देने जा रहे हैं उसके पीछे की जो तथ्य वो ये है कि नासा ने एक मार, मंगल पर एक उसका वो छोड़ा है उड़ान भरी एक हेलीकॉप्टर ने जो इस हेलीकॉप्टर का जो नाम है वो मार्स हेलीकॉप्टर है ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको मंगल ग्रह पर सफल सफल उड़ान भरने के लिए ये पहला पहला पहला हेलीकॉप्टर है जो मानव विहीन है इसमें बिना मनुष्य के हेलीकॉप्टर को वहाँ पर भेजा गया इसको किस तरह से वहाँ पर उतारा गया इसकी एक अलग से आप पूरा नोट्स ले सकते हैं नासा के मास्ट हेलीकॉप्टर ने आज मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भरकर एक इतिहास रचा है अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी आपको अक्सर ये पूछा जा सकता है कि नासा कहाँ की एजेंसी है तो ये आपको जैसे हमारे यहाँ इसरो है वैसे ही अमेरिका में जो है नासा है तो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी है इसके अनुसार रो, रोबोट हेलीकॉप्टर ने आज तड़के मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है और लैंडिंग की है किसी दूसरे ग्रह पर किसी विमान की यह नियंत्रित और पहली पहली उड़ान है ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है नासा के मिशन के प्रबंधक चार पाउंड के दो रोटर रोटर वाले हेलीकॉप्टर की उड़ान पर खुशी से झूम उठे और हेलीकॉप्टर ने योजना के अनुसार 40 सेकंड तक उड़ान भरी यह भी आपको एक महत्वपूर्ण जो है वो कि कितने सेकंड तक उसका जो भरी तो उसने 40 सेकंड तक भरी ये रोबोट हेलीकॉप्टर तीन मीटर तक ऊपर गया कितने मीटर तक गया तीन मीटर तक और फिर आधे मिनट तक चक्कर लगाकर सफलता पूर्वक नीचे उतर आया ये ये ये इससे जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बाद जो हम अगला जो महत्वपूर्ण जो बिंदु आपके सामने रखना चाहते हैं वो आप जानते हैं कि भारत में जो कोविड नाइन्टीन की जो स्थिति जो है वो भयावह होती जा रही है उसे दूसरी दुनिया के जो देश हैं वो भी डर रहे हैं और उनके जो राजाध्यक्ष हैं उनके जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या दूसरे जो डिग्नेटरीज हैं वो अपनी यात्राएं भारत में कैंसिल कर रहे हैं उसका शेड्यूल बदल रहे हैं और वहाँ के नागरिकों को अपील कर रहे हैं कि भारत में कम से कम जाएं और भारत में अगर कोई है तो जैसे मैंने कल भी आपको इसके बारे में एक सवाल के जवाब में बताया था कि हमारे जो भारत आने से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी मना किया था आज दूसरा जो वो है वो जापान के प्रधानमंत्री ने भारत आने से, से मना किया है और जापान के प्रधानमंत्री कौन कौन है योशी हिदेसुगा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं ये ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि भाई जापान के कौन प्रधानमंत्री है जिन्होंने भारत आने से मना किया और किस वजह से किया कब किया और इसका कारण क्या था तो इसका कारण जो बताया उन्होंने कोविड के बढ़ते हुए मामले के कारण उन्होंने भारत की यात्रा को स्थगित किया है तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है अगर मान लीजिए इसके बारे में कोई ऑब्जेक्टिव सवाल ना आकर के कोई छोटा सवाल आता है जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आरएस के एग्जाम में कुछ सवाल जो है वो कुछ शब्दों में पूछे जाते हैं तो इसको अगर हम डिटेल में अगर बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री योशीदोसुगा ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अपनी यात्रा भारत की यात्रा स्थगित कर दी श्री शुगा इसी महीने के अंत में भारत आने वाले थे दोनों देशों ने इस सप्ताह के अंत में टोक्यो में होने वाली विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता को भी स्थगित करने का फैसला किया है जापान में विशेष रूप से टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं तो ये कोरोना की वजह से जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत की यात्रा को स्थगित किया है और इससे पहले मैंने अब आप कल आपको बताया था अभी आपको जिक्र कर रहा था कि 19 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी भारत की यात्रा स्थगित कर चुके हैं नेक्स्ट जो बिंदु है उसमें हम बात करेंगे चूंकि हमने अमेरिका की बात की हमने जापान की बात की नासा की बात की नासा के में मंगल ग्रह पर छोड़े गएकोप्टर की बात की तो हमारे देश पर भी जब हम बात करते हैं तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री जी को जो है अमेरिका ने जो है अमेरिका के जो नए जो राष्ट्रपति है वाइडन, वाइडन ने एक न्योता भेजा है और उसमें उनको अमेरिका में आयोजित जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें उन्होंने आमंत्रित किया है तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है के भारत के प्रधानमंत्री को अमरीका के राष्ट्रपति वाइडन ने जलवायु परिवर्तन में शामिल होने जलवायु परिवर्तन से जुड़े सम्मेलन में शामिल होने के लिए शिखर सम्मेलन जो है उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है इसको अगर हम डिटेल में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी कल जलवायु के विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे दो दिवसीय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा आप सब जानते हैं कोरोना की वजह से जो है फिजिकल प्रजेंस सबके लिए वो है तो ये ऑनलाइन ही होगा जैसे आप हम जुड़े हुए हैं तो वर्चुअल माध्यम से होगा और इसमें जो है मोदी जी के लिए आवर कलेक्टिव स्प्रिट 2030 सत्र में ये अपने विचार करेंगे ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि एग्जाम्स में आप सब लोगों को परेशान कर सकता है आ सकता है आने की संभावना है के मोदी जी ने जलवायु सम्मेलन के शिखर सम्मेलन में कौन से सेशन को संबोधित किया कौन से सम्मेलन को आ, एड्रेस किया तो आ, आवर कलेक्टिव स्प्रिंट स्प्रिंट टू थाउजेंड थर्टी में वो अपने विचार रख, रखे हैं प्रधानमंत्री को इस शिखर सम्मेलन में भागने भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने आमंत्रित किया था वो सम्मेलन विश्व में करीब चालीस नेताओं ने भाग ले रहे हैं पूरे विश्व के जो है 40 देशों के जो राजाध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये सब उसमें जो है भाग ले रहे हैं उसमें बाइडेन ने हमारे प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया है इस सम्मेलन में एक और बात जो जुड़ी हुई है कि सम्मेलन के दौरान विश्व के नेता जलवायु परिवर्तन जलवायु कार्यकलाप जलवायु समान, अनुकूलन प्रकृति आधारित समाधान जलवायु सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के तकनीकी नवाचारों के लिए भी धन जुटाने पर विचार विमर्श करेंगे इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो वही जो पृथ्वी दिवस की जो हम बात कर रहे थे, तो पृथ्वी के संरक्षण से जुड़े हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो रिसर्च हो रहे हैं उन रिसर्च के लिए धन जुटाने के लिए भी ये जो 40 जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जो बैठ कर के ये उससे उसके लिए मॉनेटरी अरेंजमेंट के लिए धन जुटाने के लिए भी बातचीत करेंगे ये सम्मेलन जलवायु से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित विश्व बैठकों की श्रृंखला में से एक हिस्सा है और नवम्बर इक्कीस में आयोजित कोप के बाद आयोजित किया जा रहा है तो ये ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो है ये नवंबर में आयोजित कोप के छब कोप 26 के बाद आयोजित किया जा रहा है दूसरा जो भारत से जुड़ा हुआ जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में बन सकता है उसके बारे में हम बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक में कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक के रिसाव होने से 22 लो, लोगों की मौत हो गई है ये बहुत दुखद घटना है और ये कल कल ही घटित हुई है और इसमें जो है बाईस लोगों की मौत हो गई है एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का एक प्रश्न बन सकता है जिसमें मिगेल डियाज कैनेल 1959 की क्रांति के बाद कास्त्रो उपनाम के बिना क्यूबा का राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे जो है क्यूबा का जो राष्ट्रपति है वो भी एक नए बने और उनका नाम जो है मिगेल डियाज कैनेल है अब हम संक्षिप्त घटनाओं पर जिक्र करने के बाद इस बात पर आते हैं जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा था कि हम इस सेशन में रोज़ शाम को चार बजे लाइव आएंगे और लाइव आने में जो महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम होगा उसका जिक्र करेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे उस पर चर्चा करेंगे उसका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद पिछले चौबीस घंटों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में उसको हम विकल्पात्मक रूप में वस्तुनिष्ठ रूप में उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम उसको छोटे सवालों के जो जवाब है जो कि आर की मुख्य परीक्षा वगैरह में पूछे जाते हैं उसके उसके पैटर्न पर भी हम बात करेंगे तो ये जो हमारा जो सेशन है ये आई ए एस कॉलेज लेक्चरर स्कूल लेक्चरर इन सब की जो परीक्षाएँ उन सब के लिए महत्वपूर्ण सेशन है इससे आप अपने दोस्तों को जोड़िएगा और आप भी इसमें निरंतर जुड़े रहिएगा पहला जो सवाल है वो है किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने के बिल को मंजूरी दी है इसमें हमने कल एक डिस्कशन किया था और इसमें हमने ये कहा था कि फ़्रांस ने एक नया कानून बनाया है नया बिल लाया है और उसमें उन्होंने इको इकोसाइड के ऊपर बिल ला करके तो इसका जो पहला जो विकल्प है वो है रूस दूसरा है जापान तीसरा है फ्रांस चौथा है नेपाल और इसका सही जो उत्तर है वो है फ्रांस और इससे संबंधित जो इसका जो विश्लेषण है हम जब विश्लेषण की जब बात कर रहे हैं साथ में तो ये विश्लेषण जो है इससे जुड़ा हुआ उसमें फ्रांस ही नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने के बिल को मंजूरी दी है इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल तक की जेल और 5 बिलियन यूरो यानी लगभग 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुर्माने का भी प्रावधान किया है ये कानून मुख्य रूप से उन लोगों का को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं ऐसे व्यक्तियों को तीन साल की सजा ऐसे व्यक्तियों को तीन साल की सजा और तीस तीन लाख यूरो का जुर्माना भी होगा ये इन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो तथ्य जोड़ा है कि इसमें सज़ा का प्रावधान भी होगा और इसमें फाइनेंशियल जो है आर्थिक दंड भी दिया जाएगा और इससे जुड़े हुए सवाल जब हम बात करते हैं तो पहला सवाल तो यही बनता है कि ईकोसाइड क्या है ईकोसाइड एक ऐसा कानून है जो फ्रांस लेकर के आया है और फ्रांस ने पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में ये कानून लेकर के आए हैं और इसको है उन्होंने पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को दंडित करने के लिए ये बिल लेकर के आए हैं जिसमें जो भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसको अपराधियों को दस साल तक की जेल होगी पाँच मिलियन यूरोमें जुर्माना होगा और उसमें जो है तीन साल तक की जेल होने का प्रावधान किया गया है अगला जो प्रश्न इस सेशन में हम लेकर के आए हैं वो है किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड नाइन्टीन के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 20 से 29 अप्रैल के बीच सुरक्ष स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आयोजन की घोषणा की है ये महत्वपूर्ण सवाल है कि ये 22 से 29 अप्रैल के बीच में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह क्या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह किसने घोषणा की है पहला विकल्प है बिहार दूसरा विकल्प है झारखंड तीसरा विकल्प है पंजाब चौथा विकल्प है दिल्ली और इसमें से सही जो विकल्प है वो है झारखंड झारखंड ने जो है क्या किसकी घोषणा की है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चारकर सरकार ने राज्य में कोविड नाइन्टीन के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 20 से उनतीस अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है लोगों से कहा गया है कि वह अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकले इस दौरान जरूरी और चिकित्सा सेवा बहाल रहेंगी जबकि केंद्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के अलावा निजी क्षेत्र चिन्हित कार्यालय भी खुले रहेंगे अगला जो प्रश्न है आज का उसमें तीसरा जो प्रश्न है वो है सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हुआ है और ये जो है इनमें पहला विकल्प है सुमित्रा भावे दूसरा है पीयूष सिंह तीसरा है नागराज मुंजुले और चौथा है गजेंद्र अही तो इसका सही जवाब जो है वो सुमित्रा भावे है और इनके बारे में इनके विश्लेषण जब हम इस प्रश्न का करते हैं तो पाते हैं कि सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन हो गया है सुमित्रा भावे मराठी सिनेमा और मराठी थिएटर में फिल्म निर्माता सुनील सुक्थनकर के साथ एक जोड़ी के रूप में लोकप्रिय थी वह अपनी आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट और साथ ही अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को संभालने में उनके तरीकों के लिए जानी जाती थी वो जो है सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई अभिनेत्री थी और उन्होंने इसके लिए आउट ऑफ द कंटेंट जा करके काम किया था तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके आप अच्छे से नोट ले लीजिएगा नेक्स्ट जो चौथा जो सवाल हमारा जो आज का है उसमें हाल ही में नासा ने एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजुनइटी को किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ किया है और ये जो अभी हम जब बात कर रहे थे उस हेलीकॉप्टर के बारे में इसमें बुद्ध ग्रह पहला ऑप्शन है शुक्र ग्रह दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी तीसरा है और चौथा है मंगल ग्रह और इसका सही जवाब है मंगल ग्रह हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजूनइटी ये हेलीकॉप्टर का नाम है ने मंगल ग्रह पर सफल टेकऑफ और लैंडिंग की है ये किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित तो और नियंत्रित उड़ान थी पृथ्वी पर ऐसी पहली उड़ान संचालन वर्ष 1903 में राइट ब्रदर्स ने उत्तरी कैरोलोनिया के, के किटी होक में प्रदर्शित की थी इंजूटी मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है और इसे नासा ने पार्सिवेन्सें रोवर द्वारा लॉन्च किया ले जाया गया है जो जिसे जुलाई 1920 में लॉन्च किया गया था तो इससे जुड़े हुए चार पांच सवाल महत्वपूर्ण है हेलीकॉप्टर का नाम क्या है इंजूनेटी एक दूसरा जो है किस पे छोड़ा गया है मंगल ग्रह पे छोड़ा गया है तीसरा इसको जो पहली उड़ान कब भरी गई थी 1903 में ऐसी एक उड़ान भरी गई थी राइट ब्रदर्स के द्वारा भरी गई थी और उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक मैं प्रदर्शित की थी और ये जो है इसमें इसे जुलाई 19 में जो है परसी वरेंस नामक जो है रोवर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था तो ये जो है इसमें पांच-छह सवाल एक सवाल से बनते हैं ये एक महत्वपूर्ण सवाल है इसको आप ठीक से अपने नोट्स ले लीजिएगा आगे जो है पांचवा जो प्रश्न है पांचवा जो प्रश्न है वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकॉल में बैकॉल जीवीडी, गी, गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवाटर न्यूट्रिनो न्यूट्रीनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है देखिए सवाल में ही अपने आप में पांच पा, द, द, द, द, द, चार पांच प्रश्न हैं इन सारे उसको पहले साइबेरिया के वैज्ञानिकों का दूसरा दुनिया की सबसे गहरी झील बैकोल में बैकोल जी ए वैल्यू दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवाटर न्यूट्रिनो न्यूट्रीनो टेलीस्कोप लॉन्च किया तो पांच सवालों का एक जो जवाब है उसमें विकल्प है पहला नेपाल दूसरा रूस तीसरा जापान चौथा चीन और इसका सही उत्तर है रूस रूस के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील दुनिया की सबसे गहरी झील बेकौल पहला पहला जवाल बैकौल गहरी झील दूसरा बैकौल GVD इसका पूरा फुल फॉर्म है गिगटन वैल्यूम डिटेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा अंडर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप इस टेलीस्कोप का निर्माण 2016 में इसलिए शुरू किया गया था ताकि न्यूट्रिनो नामक रहस्यमयी मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन किया जा सके और उनके संभावित खतरों स्रोतों का निर्धारण किया जा सके तो यह महत्वपूर्ण सवाल है इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब छुपे हुए और बहुत सारे सवाल भी छुपे हुए छठा जो प्रश्न है आज का इसमें विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है इसमें ऑप्शन है 20 जनवरी 15 मार्च 21 अप्रैल 19 जुलाई सही जवाब है सी 21 अप्रैल मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मक और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस का आयोजन किया जाता है इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को नए विचारों का उपयोग करने नए निर्णय लेने रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है तो ये महत्वपूर्ण सवाल है इसके नोट्स आप रख लीजिए सातवां आपका आज का जो सवाल है उसमें इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं पहला विकल्प है भारत दूसरा नेपाल तीसरा चीन चौथा रूस और सही इसका उत्तर है ए भारत इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं ये देश में शुरू की गई पहली इतानवी भारतीय खाद्य परियोजना है पहली इटली जो है पहली खाद्य परियोजना है इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच इन एक्शन विकसित करना है साथ ही यह परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास को भी ध्यान केंद्रित करेगी आज का आखिरी सवाल जो विकल्प वस्तुनिष्ठ रूप में हमने शामिल किया है यह सवाल है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस मोस इस वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर पच्चीस मिशन को लॉन्च लौ, करने की योजना बना रही है एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस लूनर 25 मिशन एजेंसी के द्वारा चलाया जाना है और उसको लॉन्च करने की योजना बना रही है वो किस देश की एजेंसी है पहला है चीन दूसरा है रूस तीसरा है जापान चौथा है भारत और इसका सही उत्तर है बी रूस रूस की एजेंसी रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जैसे मैंने आज आपको तीन तीन चीजें बताई अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो है नासा भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोस कोस रोस रोसकोसमोस अमेरिका की नासा भारत की इसरो और रूस की रोस रोस्कोसमोस तो ये एक जो सवाल है उसमें बहुत सारे जवाब आपको मिलेंगे और इस वर्ष अक्टूबर के माह में लूनर पच्चीस मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है रूस का लूनर लैंडिंग मिशन पच्चीस चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा जिसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा किसके लिए यह मिशन है लूनर 25 मिशन किसके लिए है चंद्रमा पे जमी बर्फ के बारे में है किसने कौन लॉन्च कर रहा है रूस लॉन्च कर रहा है रूस की एजेंसी का नाम क्या है रोसकोस कॉस्मोस है कब लॉन्च होगा अक्टूबर माह में होगा अब हम जैसा कि हमने आपको सबसे पहले शुरू में बताया था कि आर एस में कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो कि छोटे कम शब्दों में उसका संक्षिप्त में जवाब देना होता है और ऐसे सवालों का बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने में कि छोट हमेशा छोटे सवाल जो होते हैं वो बहुत बहुत मुश्किल सवाल होते हैं और उनको कम से कम शब्दों में लिखने में जो है एक महारत हासिल करनी होती है ये जो सारी की सारी जो महारत है ये जो एक हुनर है ये हुनर जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे जितना अभ्यास आप लिखने का करेंगे उतना ही आप अच्छा और इफ़ेक्टिव लिख सकते हैं तो ऐसे प्रश्नों के जवाब के लिए आपको निरंतर और नियमित रूप से लिखने की लिखने की आदत डालने की जरूरत है ऐसे सवालों में हमने पहला सवाल शामिल किया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है महत्वपूर्ण सवाल है और ये कई सारी एग्जाम्स में आपको जो है परेशान करेगा इसमें प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्योंकि हमारे देश में आज का जो मीडिया है वो गोदी मीडिया में परिवर्तित हो चुका है और ये देश के लिए एक विशेष खतरे के रूप में उभर रहा है इसके संबंध में एक एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दो में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकर्ता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्टर्स विद विदाउट बॉर्डर्स आर एस एफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये जो है इसका आंकलन 180 देशों के बीच भारत पिछले साल की तरह 142वें स्थान पर है इस सूचकांक में नार्वे सबसे ऊपर है इसके बाद सूचकांक में फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान आता है तो इसमें देखिए पहले पहले पैरोग्राफ में कितने सारे सवाल आपके आते हैं कि कितने देशों की है 180 देशों की एक दूसरी नाम क्या है आर एस एफ रिपोर्ट विदाउट बोर्डर्स तीसरा भारत का स्थान कौन सा है एक चौथा सूचकांक में सबसे ऊपर कौन है नार्वे नार्वे के बाद तीन कौन है फिनलैंड और डेनमार्क दूसरा एक सवाल जो हम लेकर के आए हैं उसमें है यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी गई नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है महत्वपूर्ण सवाल है यूनाइटेड किंगडम की एक नई डिजिटल मुद्रा बनाने की संभावना तलाश रहा है जिसे ब्रिटकॉइन कहा जा रहा है बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लक्ष्यों को लाभ को आकलन करने के लिए एक साथ काम करने के लिए तैयार है बैंक ने कहा है कि नई मुद्रा घरों और व्यवसायों द्वारा उपयोग के लिए डिजिटल पैसे का एक नया रूप होगा ये भारत में वैसे बहुत पहले से इसका एक अम, काले काले धन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है इसका जो है ट्रांजेक्शन भारत में बहुत बड़े पैमाने पर ऑलरेडी हो रहा है भारत का जो रिजर्व बैंक है इसके लिए बहुत चिंतित है और वो उसके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहा है वहीं ये जो इंग्लैंड जैसे जो देश हैं वो इस मुद्रा को जो है स्वीकार करवाने के लिए उसके उसको ऑफिशियली मानने के लिए उसको ऑथराइज करने के लिए उसके लिए कदम उठा रहे हैं तीसरा इससे जुड़ा हुआ आज के टॉपिक का जो सवाल है वो उसमें किस देश में किस देश के केंद्रीय बैंक ने 2035 तक चीन से आगे निकलने के लिए भारत के जनसंख्यकीय लाभ को डेमोग्राफिक एडवांटेज को बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है ये रिपोर्ट जो है वो चाइना का एक पीपल्स ऑफ चाइना बैंक है इसने जारी की है और उसका कहना है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दो तक भारत का जनसंख्यकीय लाभ चीन से आगे निकल जाएगा ये प्रस्तावित करता है कि चीन को एक बढ़ती आबादी की समस्याओं से निपटने के लिए अपनी जन्म नीतियों को तुरंत उदार बनाना चाहिए चीन जो है अपनी जनसंख्यकीय नीति के बारे में पुनर्विचार कर रहा है चौथा जो प्रश्न है उसमें ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में खबरों में था किस से जुड़ा हुआ है और ये जो इसका जवाब जो है अगले पाँच वर्षों में महासागर में 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर की रक्षा और संरक्षण के लिए एक नई वैश्विक समुद्री पहल शुरू की गई है इस पहल को ब्लू नेचर अलायंस के रूप में जाना जा, जाता है इसका नेतृत्व राष्ट्रीय संस्कारों स्थानीय समुदायों स्वदेशी लोगों वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ कई परोपकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है ये इसका नाम है ब्लू नेचर अलायंस पांचवा जो महत्वपूर्ण जो सवाल है जो आज के इस लेसन का आखिरी सवाल है इसमें हमने शामिल किया है कि हाल ही में इद्रिस डेब देव, डेबी इटेनो का निधन हुआ है वे तीन दशक से अधिक समय से किस मध्य अफ्रीकी राष्ट्र के शासक थे और इसका जो जवाब है मध्य अफ्रीकी देश चार्ड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी इटेनो जिन्होंने तीन दशक से अधिक समय में तक देश का शासन किया हाल ही में विद्रोहियों के द्वारा लड़ाई के दौरान मारे गए हैं डेबी अफ्रीका में इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख फ्रांसीसी सहयोगी थे और उन्होंने उत्तरी माली में शांति के प्रयास के लिए महत्वपूर्ण सैनिकों की आपूर्ति की थी ये आज का अंतिम सवाल हमारा आपके समक्ष है और मैं अब आपके सामने एक और जो महत्वपूर्ण सूचना है जो कोविड से जुड़ी हुई जो सूचना है जो हमारे देश से जुड़ी हुई जो खबर है जो आपके आने वाली एग्जाम्स में आपके लिए भी आपके सामने हो सकती है और ये जो इसमें हमने शामिल किया है भारत में बायोटेक कोवैक्सीन को कुल मिलाकर कोविड रोगियों के लिए अठहत्तर प्रतिशत प्रभावी पाया गया है गंभीर कोविड मरीजों को कोवैक्सीन शत प्रतिशत प्रभावी रही है भारत बायोटेक और आई ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आज कोवैक्सीन परीक्षण के तीसरे चरण में अंतरिम परिणामों की घोषणा की है और भारत बायोटेक ने कहा है कि दूसरे अंतरिम परिणामों को कोवैक्सीन को, को गंभीर कोविड रोगियों को बहुत प्रभावी पाया गया है हाल ही में संक्रमण में वृद्धि के कारण हल्के मध्यम और गंभीर कोविड मरीजों को कोवैक्सीन 80 प्रतिशत प्रभावी रही है जो कोरोना का जो सेकंड फेज जो आया है दूसरा दौर जो आया है जो चल रहा है वर्तमान में इसके लिए ये कोवैक्सीन जो है वो बहुत प्रभावी मानी जा रही है और इसका परीक्षण जो है वो अंतिम परीक्षण परीक्षण के अंतिम दौर में है और इसको आई एम सी आर और जो इसको बनाने वाले जो बा, भारत बायोटेक जो कंपनी है ये अगस्त तक भारत में उसको लॉन्च करने की लाने की बात कह रही है और इसकी जो पुष्टि है वो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके के पोल ने बताया है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से विकसित किए जा रहे कोविड 19 के घरेलू टू के बायोलॉजिकल ई के पहले और दूसरे चरण में परीक्षण पूरे हो गए हैं और तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया जा रहा है उन्होंने इस टीके के अगस्त के महीने में उपलब्ध होने की उम्मीद जताई है जो कि ये दोनों कंपनियां इसके लिए तैयारी कर रही है और इसका परीक्षण चल रहा है और अगर ये सफल होता है तो आपको अगस्त में कोविड के सेकेंड वेरियंट की जो है वो वैक्सीन भी मिल जाएगी और इस प्रजेंटेशन के साथ मैं आज आपसे फिर विदा लेता हूँ आप हमसे जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े रहिए हमारे चैनल को आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आलोकन एकेडमी की वेबसाइट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंटेंट में का फ़ायदा ले सकें आपको मैं बता दूँ जो लोग आई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सूचना मैं देना चाहता हूँ आलोकन अकेडमी की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर हमने पिछले सालों के जो प्रश्न हैं उनका एक सेट करीब ढाई हजार प्रश्नों का एक सेट है और उसको इसी तरह से क्रस करके हमने वहाँ पे डाला हुआ है अंग्रेजी में वो अभी तक हमने डाला है उसका हिंदी वर्जन हम जल्दी लेकर के आएंगे आप उसको वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं आलोकन अकेडमी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आई फाउंडेशन का एक कोर्स बना हुआ है उस कोर्स के जो अटैचमेंट्स हैं उनमें वो जो ढाई प्रश्नों की जो एक पूरी कब एक डॉक्यूमेंट है वो आप उसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं और उसके नोट्स भी बना सकते हैं आप हमसे जुड़े उसके लिए धन्यवाद शुक्रिया